अनाज बड़ा से आम इसे इमली।, इसे इमली बड़ी से ई से उल्लू बड़ा उसे ऊन ए ए से से से से से से एडी एसे एडी आई आई से औरत आहा खाली आहा खाली कहां से कबूतर कहां से कबूतर कहां से खरबूज कहां से खरबूज कहां से गमला कहां से गमला कहां से घड़ी कहां से घड़ी अड़ा खाली अड़ा खाली जासे जासे चम्मच, चम्मच, छतरी, छतरी, जहाज, जहाज, झंडा झंडा, खाली खाली, टमाटर, ऐसी टमाटर खास से ठेटेरा था खास से ठेटेरा था खास से डमरू खास से डमरू खास से ढक्कन खास से ढक्कन बड़ा खाली बड़ा खाली खास से तरबूज खास से तरबूज खास से थर्मल खास से थर्मल धनुष, धनुष, नल, नासे नल, पासे पतंग, पासे पतंग, फल, पासे फल। पासे बकरी बकरी भाते भाते भालू, भासे भालू, मछली मछली लट्टू, लासे लट्टू, बन सलजम, सलजम, संतरा, संतरा, हाथी हाथी छा से छत्री छात्री त्रिशूल से ज्ञानी